ना जिस गजा लगाएगी क्या इस चमन को हार ना लगाएगी क्या इस चमन को हार ना नाजिस गजा लगाएगी क्या इस चमन को हार ना लगाएगी क्या इस चमन को हार सरदे के अपने अपन मूल शशीचा हुसैन ने सरदे के अपने अपन मूल शशीचा हुसन इस्लाम तेरा था बचाया हुसैन ने इस्लाम मैं आप लोग के सामने एक बात और पेश करने जा रहा हूँ आप लोग समान समान